महाभारत की कथा महाभारत स्टोरी महाभारत द्वापरुग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के सौ पुत्र कौरव थे वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा मादरी से उत्पन्न पांच पुत्र पांडव थे कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म जो अठारह दिनों तक चला था